मैं करूं अगर सामने से पहल तो बात हो जाती है वरना सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है नमस्कार दोस्तों मैं मीनाक्षी आहूजा आपका स्वागत करती हूं रजवाद महफिल में, में ऐसा नहीं है कि हमें प्यार नहीं मिलता लेकिन वहां से नहीं मिलता जहां से हमें चाहिए जिससे हम प्यार करते हैं उससे बाकी सारी दुनिया का प्यार क्यों कम पड़ जाता है उस एक शख्स के सामने क्यों सारी दुनिया सिमटकर उस एक इंसान में समा जाती है कि जिसके ना होने से सब कुछ खाली और बेमतलब सा लगने लगता है क्यों नहीं हम उन सब लोगों का प्यार समेटकर खुश हो पाते हैं जो हमें सच में प्यार करते हैं दोस्तों प्यार क्या है फोन आरोप घंटों बातें करना प्यार है उसकी प्रोफाइल निहारना प्यार प्यार प्यार प्यार प्यार प्यार है, है, है। है? है? उसको बाहों में में में में भरना प्यार है। उसका इंतजार करते रहना प्यार प्यार ब्रेकअप कैसे होता होता क्या कोई गियर बातें बंद कैसे हो जाती हैं? क्या कोई ताला चाबी भी होता है प्यार तो वो है जो तेरे एहसासों में हो उसका हर आंसू तेरी हाथों में हो उसकी हंसी तेरी आँखों से छलके उसका रुदन नीलो दूर अनुभव हो वो बांटे तुझसे एक गम रोते तेरी उंगलियों से टकराते ही कंधे पर सर रख हल्का हो जाए और बिन कहे सब कुछ कह जाए प्यार टूटता बिछड़ता रूठता नहीं है मिल नहीं पाता फासला आता नहीं प्यार की खुशबू हर पल महसूस होती है प्यार तो बस जीने की वजह होती है प्यार की खुशबू हर पल महसूस होती है प्यार तो बस जीने की वजह होती है